जब पढ़ाई में मन ना लगे तो उस माँ बाप का चेहरा याद कर लिया करो जो सारे मोहल्ले में छाती ठोंक के कहते हैं मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा आज कहता हूँ दोस्तों तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत तुम्हारी असली खुशी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा संसार तुम्हारे माँ बाप है दोस्तों तुम्हारी आंखों को जिसने सपने दिखाएं तुम्हारी हर बगली मुसीबत के वक्त तुम्हारे सर पर उनका हाथ रहा जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा और जिन आँखों ने यह ख्वाब देखा कि मेरा बच्चा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा जो मैं नहीं कर सका वह मेरी बेटी मेरा बेटा करेगा वो आज तक मेरे चेहरे को देखकर अपने सारे गम भुलाते आए हैं उन्हें तुम पर भरोसा है तुम बताओ मुझे तुम क्यों नहीं अपने ख्वाबों को साकार करने के लिए कोई और कदम आगे बढ़ा रहे हो आखिर क्यों खामोश बैठे हो क्यों नहीं मेहनत करना चाहते हो क्या यह तुम्हारा प्यार है क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है अरे जनाब याद करो उस माँ को जो ना जाने कितने कष्ट सहन करती है और उसका तुम्हें अहसास तक नहीं होने देती ताकि तुम दुखी ना हो अपना पेट काट काट कर तुमको पढ़ाया लिखाया है और आज इसी काबिल बनाया है कि तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सके फिर भी यह चुप्पी क्यों साध रखी है आखिर क्यों भूल जाते हो तुम कि उन्होंने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी सिर्फ इसलिए कि चलो मेरी जिंदगी जैसे तैसे कट जाएगी ठीक है लेकिन मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो बस अब बहुत हुआ अब समय आ गया है तपस्या का मेहनत का त्याग का कुछ कर गुजरने का और अपने ख्वाबों को पूरा करने का अब अपने माँ बाप के होठों पर मुस्कान लाने का तो उठो और अब किताबों पढ़ डालो इतिहास भूगोल संविधान विज्ञान सब कुछ करंट की चिंता मत करो करण तो अब तुम खुद बनाएगा हर मैगजीन के कवर पर छा जाओ दोस्तों तुम ऐसी मेहनत करो कि जब उसका प्रोग्राम सामने आए तो हजारों की संख्या में कैमरे तुम्हारी एक तस्वीर पाने को तुम्हारे दरवाजे के सामने हर मीडिया वाला तुमसे बात करने को बेताब दिखे हर जगह तुम्हारे चर्चे हो हर माँ बाप अपने बच्चों को तुम्हारा उदाहरण देने लग जाए हर किसी के लिए प्रोग स्रोत बन जाओ दोस्तों हम कभी भी अपने माँ बाप का कर्ज तो नहीं चुका सकते लेकिन उनके होठों पर मुस्कान तो ला सकते हैं तो शपथ लो कि आज तुम ऐसा कठोर परिश्रम करोगे जिसके परिणाम शोर मचा दे और माँ बाप कह सकें बेटा गर्व है मुझे तुम पर और कोई कह उठे बेटी हो तो बेटा हो तो ऐसा अगर तुम प्रतिज्ञा ले सकते हो तुम्हारी चाहत से भी ज़्यादा बड़ी चाहत माँ बाप का सम्मान होगा उनके होठों की मुस्कान होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे